तो आज का मैच स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार पारी से दोनों ही टीमों में जोश भरा पड़ा है रेडी हाँ रेडी जाकिर कवालिया को तलाश किसकी है अब ये एम्पायर कहा गया मैच में जोश है लेकिन एम्पायर का नहीं पता ये क्या बहुत ही शानदार एंट्री कैसे अरे छोटी टांगों की होने की वजह से गिर गई गाड़ी केस हो सकता है इसे स्टंट साबित कर देंगे हेटर्स अरे हाथ कद्दू पहले टांगे तो बड़ी कर ले अपनी क्या इसे गाड़ी भागने स्टार्ट कर दी अरे मेरी वजह से आप लोगों का दिल दुखा आपको इंतजार करना पड़ा भाल में जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो चलते हैं जल्दी मुझे तीजे में भी जाए तो क्या लेगा एड। तो क्या लेगा भे? टेल देखो जहाँ तक मेरा आइडिया है ये टॉस बीच ही जीतेगा तो ये टॉस के साथ साथ मैच भी जीत चुके हैं जाओ अपने घर अब तू जब से आरिया नाटक ही करे आरिया चलो मैच स्टार्ट करो फारूक भाई आपने बहुत ठीक कहा था की जाकि कबाड़िया ही जीत सकता है टॉस हाँ देखो मुकेश भाई खिलाड़ियों में कितना जोश है और ये इतना हिल क्यूँ ये देखो भी की। तो भी, भी जोश में लग रहे हैं हैं इंतजार है है है कि विकेट ले पहला और भी बड़े शांत माहौल मिजाज के साथ खड़े हैं। तो भैया पहली बॉल ओवर की ठीक है? कराओ भाई मुकेश भाई बोलर का चेहरा देखकर लगता है पहली बॉल पहला विकेट लेंगे नहीं ये क्या खाली बल्ला तेज वारुक भाई देखो जाकिर खबाड़िया भी गुस्से में है कुछ नहीं पता इस पे आ जाए बात तो तुम्हारी भी सही है लेकिन ये सामने में देखो गुस्से में है, तो। तो तो है बोलर कुछ भी हो सकता है जी मुकेश भाई सही बोले आप। अरे अबे तो सा, तो साहब तुम भी हो हो बीच में उधर जाओ थोड़ा सा तुम्हें ना पता मेरा हाथ घूम आउट होने से बच गया ये अब क्या तो हट रहे हो अगर लग गया ना तो लूंगा सीधी सी बात है देखो ये बॉलर को मौका मिलता है एम्पायर पे फेरने का हाँ ये बहुत छह शॉट खेला बच्चे ने बहुत ही शानदार बॉलिंग भी ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक है देखो फिर बॉलिंग में तो ऐसे मिस्टेक होती है देखो मैं बताऊं मैं भी एक जमाने पहले बहुत तगड़ा खिलाड़ी था अच्छा मैं ऐसी की पीट देता था, पता नहीं चलता था, चलते, चलते हाँ बिल्कुल जैसे ये बोलर को धो रहे हैं, एक बार मुझे भी धोया था किसी ने तुम्हारे तो धुलने के काम है कोई दिक्कत नहीं है वैसे उसने धो दिया लेकिन ये देखो बल्लेबाज कितना उमदा शॉर्ट खेल रहा है हर बॉल पर छक्का चौका चूती घंटा हो गया बॉलिंग कराते हुए इधर को दे। मैं रहा हूं ये मोटा देखो देखो मोटा भड़का भड़कना इसका जाइज था चुदा खाने के चलती है ना चलो चलो कोई नहीं अबे बेटे किसी बड़े को लेके आओ हाँ मेरे आगे तुम बच्चे सच्चे क्यों आ रहे हो बच्चे देखो जहाँ तक मेरा आइडिया है इसने बच्चा इसे गलत बोला ये देखो बोल्ड या। या। यार इसने विकेट कैसे ले लिया बाब लेने एक बात समझ नहीं आ रही है ये बॉलर ने विकेट लिया है या एम्पायर ने मुझे लगता है ये मैच फिक्स है एम्पायर का मोटा सट्टा है ले लिया अरे हाँ तो, ले ले देखो जैसा अश्लील बातें कर रहे हैं खा तो लेते लेकिन ये मासा हारी नहीं है हमारे बॉलर वना खा लेते और ये क्या देखो शोट खा चुके हैं उन्होंने इनका लोहड़ा तो नहीं खाया लेकिन शोट एक और खा चुके हैं अच्छा ये लैंडिश कितने खतरनाक शोर्ट मार रहा है ना हाँ ये देखो फिर छक्का परेशान है क्यों भाई चुदाई खाने के क्या होगी अब ओवर की तो तेरे गाला मार दी इसने। रुक जा आप क्या देख लिए रुक जा साला एक विकेट लेके ऐसे अफर रिया था देखो अफर ना नहीं चाहिए अफरते तो बकरे हैं लेकिन बॉलर ने गुस्से में बोल डाली है और ये हवा में है बोल पतले ने बड़ा खेच के शॉर्ट मारा है ना आउट नही तेरी सोले ने कैच पकड़ ली ले लिया एक और विकेट अभी हाँ चल ले लिया होगा बाल यार तुमने बहुत अच्छा विकेट लिया मेरे बहुत सारे पैसे लगे पड़े मैच में अबे तू तो तो पागल है कैसे इसमें पैसे क्यों लगा प्रोवो प्रोवो करना प्रोव ये क्या है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तू तो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके बड़े प्रॉफिट बना सकता है वो भी सिर्फ आया नामा अपना ओपिनियन देकर मान ले तेरा इंटरेस्ट जो भी हो क्रिकेट हो फाइनेंस हो यूट्यूब हो यहाँ तक की मौसम है इसपे सिंपली ये सोनो में जवाब देना है और सही होने पर कंफर्म पैसा कमा ट्रस्टेड है के बिल्कुल भाई प्रोवो को एक करोड़ से ज्यादा लोग यूज करते हैं और रोज अपने ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके बड़े रिवर्ट जीत रहे हैं और मैं भी डेली रिवर्ट जीत रहा हूँ इसमें वो कैसे देख जैसे इसमें क्वेश्चन था कि इंडिया फर्स्ट टेस्ट में जीत पाएगी या नहीं मैंने इसमें, इसमें यश करा और मुझे बहुत सारा प्रोफिट हुआ ये तो बहुत सही है पे। हाँ बहुत सही और इजी है मेरी भी देख मेरे तो ऑलमोस्ट सभी ओपिनियन से मिलते हैं मेरा इंटरेस्ट तो क्रिकेट में है क्रिकेट के कैसे क्वेश्चन दिखाना और कैसे ओपिनियन सबमिट होगा भाई इसको यूज करना बहुत आसान है रुक मैं तो ये क्रिकेट का क्वेश्चन दिखाता हूँ और उस पर अपना ओपिनियन कैसे सबमिट करना है वो दिखाता हूँ इंडिया टू विन द सेकंड टेस्ट मैच वर्सेज ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट मैच भी इंडिया जीती थी ये मैच भी इंडिया जीती थी और अगर तुम अपने ओपिनियन पर शोर हो तो तुम अपने इसमें क्वान्टिटी भी इंक्रीज कर सकते हो भाई लेकिन जीतने के बाद रिवर्स विड्रो कैसे होंगे करना बहुत आसान है गूगल पे Paytm, कार्ड किसी भी माध्यम से अपने जीते हुए को कर सकते हो। ये तो बहुत सही ऐप के बारे में बता दिया भाई आपने अब मेरा नहीं जाने दूंगा आप भी जल्दी ऐसी जाओन में प्रोबो डाउनलोड करो और मेरे दिए गए डाउनलोड करने आरोप आपको मिलेंगे अपट पच्चीस रूपए डाउनलोड करो प्रोवो करो चल चल फील्डिंग ये पता लेंगे हालत में जाते हुए दो ओवर चौवालीस रन एम्पायर बता रहे हैं फिर भी स्कोर तो ठीक है ये नए बल्लेबाज उतर चुके हैं पिच पे पहली बॉल और ये और बहुत शानदार अबे तेरी साले देख के खेलने बहुत तेज लगी हाँ, है अब लगेगी एक बात मुझे समझ नहीं आ रही इन खिलाड़ियों ने अम्पायर को रंटी समझ लिया जो आ मार के जा रिया ये फिर सुन नहीं अब खेलने देखो एम्पायर सही कह रहा है किडनी पे बहुत तेज पड़ी है किडनी है तो सब कुछ है हाँ, हाँ, फारुक भाई बिल्कुल सही, कह रहे सही कह रहे हो बिल्कुल फारूक भाई चार ओवर है हमारे पास और मैच हमें हर हालत में जीतना है अगर मैं चौका भी मार दूँ ना तो तुम छक्के की बेईमानी कर लियो बाकी जो होगा देख लेंगे कैसी रही बहुत बढ़िया चलो चलो देखो चार ओवरों में में रन रन रन बनाने हैं हैं किसी भी हाल में बनने नहीं देने अगर ये सिंगल है तो रन आउट करने की सोचो फील्डिंग करनी इन सालों ने मुझे तीस रूपए क्या दे दी एम्पानिंग करने के पूरी हड्डी हिला दी लेकिन कोई बात नहीं अगर अब क्या बोल लग गई इनके मैच के पैसे ही लेके भाग जाऊ सालों की कैसी रही <laughs> आ, आ, आ। पहली सुन लिए पूरा पूरा खाली खाली पड़ा और खाली पड़ा और कैसे अब वो खिलाड़ी हूँ जहाँ चाहे वहाँ मार सकता हूँ और पहली बार बोल नीचे नीचे तो आ गई ना सारी छक्के का और सुन गोली शॉट का नाम सुना मैं बताता हूँ आसमान में गोली की तरह निकलेगी देखो मुझे लगता है जाकिर कबड्डिया की टीम ही जीतेगी नहीं नहीं देखो दूसरी टीम भी फील्डिंग चेंज कर रही है काफी टाइट फील्डिंग होने वाली है इस बार देखो टाइट फील्डिंग भी सब रखी रह जाती है जब बल्लेबाज का बल्ला चल जाता है तो। देखो गुस्से में है बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा जुनून में लग रहे हैं देखो बॉलर भी कितने खतरनाक गुस्से में है बल्लेबाज भी गुस्से में ये भी देखो तुम हाँ मैं देख रहा हूँ बराबर ये बॉल गिर चुकी है और, और ये क्या बॉल को हवा में होना चाहिए था बल्ला हवा में देखो मुकेश भाई मुझे तो ये गेम देखकर लगता है एम्पायर और गार्ड कुटने के लिए ही बनी है बिल्कुल फारूक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो